गुरु, गुरु आज़ियन आज़ियन करने वाले दिनेश, दीवान और, और उनके ने जो भी उनको साथ है ये जो विशिष्ट कार्य किया है उसके लिए वे प्रेम पात्र हैं उसी के साथ आशीर्वाद नहीं है और जिसने शिविर किया जिसने शिविर किया उसके साथ नर्क में नहीं जाएगी ये गुरु जी का नहीं गुरु जी कहा जिसने शिविर किया उसके साथ आप या कभी नर्क में नहीं जाएंगे और वे स्वरक्ष प्राप्त करेंगे और गर्भ में ही जाएंगे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद है, है पहली बार मैंने जब शिविर किया था तो गुरु ने यही बात कही थी जोशी, बाकी सब दान चले जाता है लेकिन शिविर में जो ज्ञान लेता है जो ज्ञान लेते हैं वो दान खर्च होने वाला नहीं है और जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा जितने लोगों को बढ़ेंगे बुल, लोग उतनी मित्रता बढ़ेगी शत्रुता घटेगी इसलिए ध्यान दान कहा मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि समुद्र दीवान और उनके अपने सीमा दीवान और उनकी सभी फैमिलीज़ जो भी परिवारगण हैं, जो भी भाई बिंदु हैं और जो भी मित्रगण हैं जिन्होंने इसमें अपने मन से सहायता की है उन सभी को और विशेषतः दीवान जी को समुद्र दीवान और उनके परिवार को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता हूँ सामर्थ्यवान बने और ऐसे ही कार्य गोदारी करते रहें उनके लिए किसी प्रकार की कमी ना हो वो जो चाहे उनका अच्छा कार्य सारी सिद्धि प्रद हो उनको सिद्धि प्राप्त करें महा उनके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें और उनके इस क्षेत्र की जो उन्होंने कार्य किया है वह सराहनीय है और यहाँ सबसे जो लोग आए हैं वो के अनुभव किया है अकेले अपने दम पे करना शुरू बड़ी बात होती है और उन्हें ये करके बताया है इसके धन्यवाद प्राप्त अधिकारी है और विशेष आशीर्वाद के अधिकारी मैं पुनः उन्हें आशीर्वाद देता हूँ उनके परिवारजनों को कि वे ऐसे ही कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान धन दौलत पैसा सब कुछ और अक्षय शुरुआत करता क्यों कि आज का दिन थोड़ी सी दो मिनट लेता हूँ एक विशेषता के बाद है विशुद्धांत नाम के एक सिद्धाश्रम के योगी हो के गए उनका आश्रम काशी जी तो उनके पास एक बहुत बड़े संस्कार रोज आते थे और कहते थे प्रभु हमें दीक्षा वो कहते थे कि टाल देते थे आज गुरुवार है आज रात हो गई कल सुबह आओ आज तपस्या में तो हम सासान उसको डालते जाते थे डालते डालते छह महीने हो गए लेकिन वो जब भी वो जो सहुवार आश्रम के बाहर देखते थे एक पिता पेट कट बहुत दूर से, से पीते हुए आता था दूर से संस्कार करता था नाली में गिर जाता था रोज यही काम का और विशुद्धा गंगा के पास टहलने के लिए निकलते थे एकदम वो उसको जब -जब एक, एक दिन देखा कि वो नाले में गिर गया और उसके सर से फट गया सर से तो उन्होंने कहा गुरु जी उसका सर सर फट गया है ऐसा उन्हें कहा तो जो ऋषि बाहर आए अरे बोले वो तू किसी डॉक्टर के पास पिया गया क्या मार लगता है गारे? कुछ मार नहीं लगता उसको इसका इसका कोई प्रभाव भी नहीं होता उसके ऊपर फिर तो दूसरे दिन तो वैसाई आए ना आकर ही नमस्कार करने लगा तो ये जो उसके साथ साहूकार थे प्रभु ऐसे लोग क्यों तो आने क्यों देते हो इसको नहीं आने के लिए कहो ना तो उन्होंने कहा मैं इसको नहीं आने के लिए कहूँ तुम कहते हो तो मैं कह देता हूँ उसने कहा अरे ये पी के रोज रोज आगे तो नाली में नहीं गिला गिला। और वहां करते हुए कहा कि प्रभु आपने आज मुझे नहीं आने के लिए कहा भी बात कहता हूँ एक बात कहूँ सारे नशे में इतना पीता था वो नशा लगता लेकिन बीना आपके पास नहीं आ गया उस नशे से भी आपका नशा बहुत रात के पास दस हो बारह देख के नहीं पीना चाहिए ऐसा पीने से ठीक नहीं होता क्यों फिर पिया है प्रभु उस ये नशा फिर तो ये नशा यहाँ तो पर रखने से आता नहीं तो चल भी नहीं सकता ये मेरी हालत है इसलिए हंसे हंस चले गए देखा आपके बाद में नहीं मानता है लेकिन था। बाहर नहीं निकले सुबह तो नहीं निकले और वो नाली में से आया। उसी के पास वैसा ही पड़ा था सुबह जब लोग आए तो देखते थे क्या है तो बोले हमारे नशे वाले लोग तो नहीं आए वो नशा तो से उतरानी जब तक वो आएंगे नहीं यहाँ से जाऊंगा अरे वो रात से नहीं है, नहीं, था नहीं है फिर आने दो ना क्या बोल रहा हूँ जब बाहर आया है छोड़ेगा नहीं ये सब तो बोले ये जो साहूकार आपके पास आते मैं किस लिए आ गया तो दीक्षा चाहिए दीक्षा का मतलब क्या होता है दीक्षा तो का मतलब होता है तेरी रिक्षा करना ज्ञान का प्रदान करना प्रभु इतने दिन से आ रहा हूं मैं कभी ज्ञान मांगा कोई दीक्षा मांगा कुछ नहीं मांगा मैं सिर्फ ये लोग जो मांगने की आदत है मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तो आपको तो कुछ भी नहीं मांगूंगा बस आपका दर्शन हो जाए ना चला जाए नेक्स्ट हिस्ट्री दिन एक साहब पर बैठा हुआ था और सीधा जी की हिस्ट्री रहने के कृती को पी के बताया वो पी के <laughs> आया और उन्होंने वाला था चिकित्सा या विशेष से पास उसको ले गया उसको लेके बोले गुरु जी वो पी के बहुत बड़ा हुआ है पी के है वो उसको कैसा तो ले आए सावकार में खड़ा था था तो है और में से था। और से ने उस को दीक्षा दी कहा वो आज से नहीं ये मेरा वादा है और उस दिन जिस दिन आया वो चरणों में चरण पकड़ लिया दीक्षा जैसे ही दिया कहते हैं कि वो उनके चरण में छोड़ दिया उस दिन रूपा दिवस था और उसने कहा कि ये कहते हैं कि दीवार को और उनकी पत्नी को जन ने समर्पण भाव से यह सब किया है उनका भी उद्धार हो जाए और हर मन की इच्छा पूर्ण ऐसा आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी को भी आशीर्वाद देता हूँ कि आप ज्ञान प्राप्त करें साधनाएं करें बिना साधना के उद्धार नहीं होगा जैसे पेड़ लगाते हो इसमें श्रेष्ठता नहीं है पेड़ को पानी डाल पालकर फल आए तक पालने के जरूरत अब इसकी आशा भी नहीं करना कि पेड़ के फल खाऊंगा आप पेड़ लगाते हो तो उसके पशु बैठेंगे वो छायादार बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास आप नहीं तो आपके घर खाएंगे साधना एक उस उसके समान है जो फल वाला हाँ तो को निश्चित रूप से मिलेगा आपके को को होगा यह है इस को प्राप्त करें एक बार करेंगे और यहाँ समापन करेंगे कि आज के फिर, फिर, फिर आशीर्वाद फिर फिर देता हूँ गुरु प्राप्त हो आपकी सब शिक्षा भगवान की माता जी की